दोस्तों आज की रियल गोस्ट स्टोरी सीरीज की वीडियो में हम पुराना कब्रिस्तान की चौंका देने वाली घटना के बारे में बताएंगे तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं पुराना कब्रिस्तान यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि आंखों देखा सच है मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था पिकनिक शहर के बाहर एक होटल में थी पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले उसके बाद रेसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए वहां केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे हम दोस्तों में एक शर्त लगी पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा सब ने बारी बारी से गोता लगाया मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं अगली बारी मेरी थी मैं भी कूद गया लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया मैंने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था वहाँ एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी तो उसके हाथ में वही सिक्का था वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी ऐसा लग रहा था मानो की वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया जैसे ही मैं वापस आने लगा उसने मेरा हाथ पकड़कर कर खींच लिया अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी मैं डर के मारे कांप गया मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को फूल में पाया मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था मेरे दोस्त मेरी मदद करने लगे थोड़ी देर में मैं सामान्य था हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया मैंने मुट्ठी खोलकर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया शाम हो गई थी हमारी बस जाने वाली थी हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे मैं चुपचाप खड़ा था मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ क्या अंदर कोई भूत देख लिया ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा की अंग्रेजों के जमाने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था जरूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा